परासिया में बिजली कटौती की समस्या को लेकर बैठक की गई विधायक ने विद्युत विभाग के जिला अधिकारियों को बुलाकर चर्चा की और कहा कि ग्रामीण अंचलों में बिजली कटौती के चलते किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है परासिया विधायक ने विद्युत विभाग के जिला अधिकारी से चर्चा के दौरान कहा की ग्रामीण अंचलों में बिजली कटौती को रोका जाए क्यूँकी किसानों को बिजली कटौती के कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसे लेकर विधायक ने ज्ञापन भी सौंपा वहीं उन्होंने बिजली विभाग के जिलाधिकारी समेत तहसीलदार महेश अग्रवाल के साथ ये निर्णय लिया कि जल्द से जल्द समस्या का निराकरण किया जाए अन्यथा इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा सारे विद्युत अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए थे उस ज्ञापन के संबंध में और आज विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है जहाँ जहाँ जो मांगे हमारे किसानों के खराब पड़े हुए उन सबको बदला जाएगा और जो ट्रांसफार्मर की कमी हो रही थी तो हमने ऐसी हिसाब से भी चर्चा किया जबलपुर उन्होंने भी कहा है कि जो ट्रांसफार्मर होगा आपको आवश्यकता है जो रिक्वायरमेंट है आप गाड़ी भेज दीजिए कल हम ट्रांसफार्मर को भेज दे देंगे और तो जो किसानों की समस्या थी कि ट्रांसफार्मर बदले भी जा रहे हैं पंद्रह पंद्रह बीस तीन दिन तो हम सब लोगों ने ही बात का तय किया है कि यदि कोई ट्रांसफार्मर करा होता है तो तीन दिन के अंदर हमें बदला जाए एटी मीटर में दस घंटा दिया जाता है इसको रात रात की जगह दस दिन में लेने का मांग रखी गई